बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं जिसके चलते किसान परेशान हैं किसानों ने खराब फसलों को लेकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की है छतरपुर में बेमौसम बारिश और ओला गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है जिसके चलते किसान परेशान हैं और सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं किसानों ने ट्रैक्टर में बर्बाद हुई फसलों को रख कर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया किसान चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद करे